काम करो यह मुख से बोलो राम मेरा विलय सुनो भगवान दुख से छुड़ा ले मनी को चीर बढ़ा ले ध्रुपति के मक्ष वेद में तुम्ही लिखा था श्री अर्जुन जी के बन मेरा बिनय सुनो भगवान राम रटो यह काम करो यह मुख से बोलो राम मेरा बिनय सुनो भगवान तुमी तो उबा खादरी बेरी बेरी तुम क्यों कर देरी यही है महिमा आज्ञा तेरा यही है लीला धाम मेरा विनय सुनो भगवान यही है महिमा आज्ञा तेरा यही हलीला धाम मेरा बिनय सुनो भगेवम राम रटो यह काम करो यह मुख से बोलो राम मेरा बिनय सुनो भगेवम अगर हमें तो दुखी न होते तेरे शरण में क्या कर आते अगर हमें तो दुखी न होते तेरे शरण में क्या कर आते यही है महिमा आज्ञा तेरा यही है आई है पापी तेरे शरण में मत करना अपमान में Be nice, no, you know. Give one. It's a good idea.